प्रिय दर्शकों नमस्कार दिनांक 18 मई दिन शनिवार का राशिफल में से लेकर के मेन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा इस पर हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ें उससे पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम आप लोगों के बीच गुजरात अहमदाबाद आ चुके हैं और हमारा जो ये गुजरात का प्रोग्राम है 18 से 23 मई तक है अहमदाबाद सूरत और द्वारिका तो इच्छुक जो दर्शक हैं आप लोग हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो पंचांग पर दृष्टि डालते हैं पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है तिथिवार नक्षत्र योगकरण तो शनिवार दिन रहेगा पूर्णिमा तिथि रहेगी ऐसा शुक्ल पक्ष है, है रहेगा रहे रहे तो पर पर। राहुकाल की बात कर ले को बिल्कुल भी नहीं करना है तो राहुकाल का समय रहेगा सुबह आठ बजकर तिरपन मिनट से लेकर दस बजकर पैंतीस मिनट तक अब काल पर आ जाते हैं तो काल का जो समय रहेगा सत्रह बजकर इक्यावन मिनट से उन्नीस बजकर चौबीस मिनट तक का जो है काल रहेगा और इस दौरान आप सभी लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं इसके साथ जो शनिवार का दिशा रहता है शनिवार को देखिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन यदि आवश्यक वो करना तो अदरक खा करके घी खा करके या उड़द खा करके आप लोग यात्राएँ कर सकते हैं चलिए मेष राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो गुप्त शत्रुओं के द्वारा बनाई गई कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना मेष राशि के जातक आज करते हुए नजर आएंगे उच्च अधिकारियों के साथ बात करते वक्त आज, आज आपको जो है अपने वाणी पर संयम रखने के सितारे सल जो है सलाह दे रहे हैं उनके विरोध से आज आपको बचना रहेगा व्यावसायिक संदर्भ में कुछ नवीन परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आज, आज आपका स्वास्थ्य कुछ हद तक प्रभावित होता हुआ नजर आएगा खर्च में आज काफी वृद्धि होगी जिसके कारण आज आप तनाव में रहते हुए नजर आएंगे अविवाहित युवकों को जीवन में प्रेम का नया प्रवेश आज का दिन इंगित कर रहा है आज पक्ष के संदर्भ में कुछ आपको गुड न्यूज मिलती हुई नजर आएगी तो यदि आज आप पीपल के वृक्ष पर सरसों का तेल ले जाकर के चढ़ा देते हैं तो यकीन मानिए आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा शुभ कलर आज आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन वहीं वृषभ राशि के लिए जो आज का दिन है बहुत तर्कपूर्ण और जिद्दी होते हुए आज वृषभ राशि के जातक नजर आएंगे स्वयं को किसी मुश्किल परिस्थितियों में आज आप पा सकते हैं जहाँ तक हो तो तर्क वितर्क से आपको दूर रहना होगा पारिवारिक सदस्य तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं जीवन साथी का आज आपको सहयोग भरपूर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा आर्थिक संदर्भ में आज का दिन बहुत अच्छा है लेकिन नए निवेश से आज आपको बचना होगा दूर रहना का पढ़ाई या व्यवसाय के लिए देश या विदेश की यात्राओं के योग बन रहे हैं अच्छी सेहत है तो खानपान की वस्तुओं के जो है दूर रहिएगा का फूड से विशेषकर आज आपको दूर रहना रहेगा वहीं उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा चूंकि शनि की साढ़े जो है शनि की ढैया आप पर चल रही है तो अतः दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ करिए और शाम का शाम को शनि मंदिर में जा कर के आपको दर्शन करना रहेगा आपके लिए जो तो शुभ कलर रहेगा ये नीला रहेगा आपके लिए शुभ अंक रहेगा छः वहीं मिथुन राशि की ओर जो है देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा तो शनिवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नए रुझान और नए रास्ते लेकर के आया है आर्थिक वृद्धि होती हुई नज़र आ रही आज आपकी वित्तीय स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी और आज आपको धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे आज आपकी बचत आपके परिवार के लाभकारी होगी आप अपने परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उन्हें विभिन्न मामलों में आज आपकी मदद की आवश्यकता होती हुई नजर आएगी यात्राओं के दृष्टि से आज का दिन बहुत तो जो है महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा नए निवेश और नए साझेदार आज बनते हुए नजर आएंगे बुजुर्गों एवं बच्चों को जीवन में सफलता प्राप्त आज होता हुआ दिखाई पड़ रहा अपने संतान पक्ष को लेकर के आज आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा आज उनसे आपकी अपेक्षा जो होगी वो पूर्ण होती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग बजरंग बाढ़ का पाठ करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये सफ़ेद रंग रहेगा व्हाइट कलर रहेगा शुभ अंग एक रहेगा वहीं कर्क राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो व्यावसायिक संदर्भ में आज का दिन एक नए उद्गम के साथ एक नए जो है शेड्यूल के साथ आपका शुरू होगा आज आप नए सौदे करते हुए नजर आएंगे उनको आज, आज आप कोई अंतिम रूप दे सकते हैं भविष्य के लिए अति लाभदायक ये चीज रहेगी व्यवसायिक और सामाजिक दायरे में आज आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है पारिवारिक जीवन आरामदायक और शांतिपूर्ण रहेगा आज, आज आपके पास कुछ नए अधिग्रहण होंगे कोई नया वाहन वगैरह आप जो है बुकिंग करा सकते हैं और आज आपके अंदर सेटिसफेक्शन नहीं रहेगा भूख जो एक होती है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी धन कमाने की हालांकि शाम तक की स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज शनि मंदिर में जा कर के आपको जो है दीपक जलाना रहेगा शुभ कलर पे आ जाते हैं पिंक कलर आज आपका शुभ रहेगा शुभ अंक पे आ जाते हैं तो चार अंक आपका सर्वथा शुभ रहेगा वहीं सिंह राशि के लिए तो सुन सिंह राशि के जातक आज आप अपने बुद्धि और विवेक के दम पर काम बेहतर ढंग से करते हुए नजर आएंगे प्रभावशाली हो, वाड़ी होने के कारण लोगों से आज आप अपनी बात मनवा के रहेंगे इन कारणों से आज अपने व्यवसाय में कुछ अच्छा कर पाएंगे और लाभ प्रचुर मात्रा में कमाएंगे यात्राओं से भी आज आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा संतान की यदि शिक्षा को लेकर के आप चिंतित हैं तो आज आपकी चिंता जाते हुई दिखाई पड़ रही है मेहनत का फल अच्छा मिलेगा जीवन साथी या किसी पारिवारिक सदस्य के साथ अतुतुमय हो सकती है आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर सूर्य देव को आज आपको जल में रोली डालकर के अर्घ्य देना रहेगा और यदि हो सके तो आज दशरथ के शनि स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा सिंह राशि के जात रेड कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पाँच आपका शुभ रहेगा वहीं कन्या राशि के जात आज आप में से कुछ अपनी योग्यता के अनुरूप पुरस्कार या तरक्की हासिल कर सकते हैं शादी ब्याह या कोई और आयोजन में आज आप शामिल होते हुए नजर आएंगे विदेश यात्राओं के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो ये आज आपका सपना पूर्ण होता हुआ नजर आएगा यात्राओं का योग बन रहा है संदर्भ में भी आज आपके पास कोई नवीन अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको चिंता होती हुई नजर आएगी पारिवारिक संबंधों में कोई आपको टेंशन मिलती हुई नजर आएगी अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को निकालिए प्राथकाल उठ करके सूर्य नमस्कार आप लोग जरूर करें और तुलसी पत्र का आप लोगों को सेवन करना रहेगा लिए लिए जो शुभ शुभ कलर रहेगा रहेगा, रहेगा ये ग्रीन रहे अंक तुला के लिए सितारे क्या कहते हैं? तो संदर्भ में अपने आप को साबित करने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है वरिष्ठों को खुश करना आज थोड़ा सा मुश्किल होगा उच्च अधिकारियों के साथ कुछ बात विवाद होती हुई नजर आएगी आज यात्राओं में मेहनत अधिक पड़ेगी और तो... कोशिश कीजिएगा कि अपने लगेज का अपने सामान का आपको ध्यान देना पड़ेगा आज आपके कई निर्णय बड़े कठोर साबित हो सकते हैं और जीवनसाथी को एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते पारिवारिक जीवन अशांतिपूर्वक हो सकता है भाई बहनों के साथ तर्क आपको काफ़ी उदास कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो आज आप लोग हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर टिप करके सिंदूर को चमेली के तेल में डिप कर दीजिएगा और उसका लेप आपको हनुमान जी को लगाना रहेगा ओम हनु हनुमते नमा मंत्र की 108 बार आप लोग माला जाप करिए आपके लिए जो तो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला रंग शुभ अंक आपका रहेगा सात तो वहीं वृश्चिक राशि के लिए सितारे क्या कहते हैं तो आ, व्यापारिक और व्यवसायिक क्षेत्र में आज आप अधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और आर्थिक प्रगति आपकी रहेगी आज आप बहुत अधिक लोकप्रिय रहेंगे और आपके परिवार के सदस्य आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे कोई नए सौदे को आज आप अंतिम रूप या एक नए व्यवसाय में शामिल होकर आप कोई बड़ी छलांग ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे प्रेम संबंधों के संदर्भ में आज का दिन सावधान रहने के यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं वहीं उच्च शिक्षा के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको थोड़ी सी आज मशक्कत करनी पड़ेगी संतान पक्ष से कुछ आज आपको जो है अशुभ समाचार की प्राप्ति होगी उपाय क्या करिए तो हनुमान अष्टक का आप लोग पाठ करिए और कोशिश कीजिए कि पीपल के वृक्ष पर प्रातःकाल जल्द आप लोग जरूर अर्पण करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला रंग शुभ अंक रहेगा दो हमारी अगली राशि आती है राशि तो कैसा रहेगा शनिवार का दिन तो व्यवसायिक रूप से आज का दिन शुभ रहेगा वहीं सरकारी कार्य क्षेत्र में भी आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी पदोन्नति या व्यवसायिक में बेहतरी का प्रबल योग बन रहा है लंबे समय से कोशिश सपने एवं परियोजनाओं पर यदि आप काम करते आ रहे हैं तो उनका पारितोषक आज आपको मिलेगा व्यावसायिक गतिविधियों में आज आपकी तेजी संभव है आर्थिक रूप से भी आज आप बहुत अच्छा करेंगे कोई पुराना ऋण यदि आपने लिया हुआ है लोन लिया हुआ है तो उसको आज आप लोग चुकाते हुए नजर आएंगे और बहुत सुख संबंधी जो जो है जो प्राप्ति होगी उसमें क्रय की आज आज आज आज अच्छा उनसे आपके नेम को और फेम को बहुत ज्यादा प्रकाश लाइम लाइट में आ जा पाएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की आज यदि हो सके तो किसी मजदूर को अपने हाथ से बना हुआ आप लोग भोजन जरूर कराइए आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा आज के दिन ये वाइट रहेगा शुभ अंक आपका जो रहेगा ये छः रहेगा वहीं मकर राशि कैप्रिकॉन की ओर चलते हैं तो आज आप लोग बहुत ज़्यादा कल्पना में खोए रहेंगे जिएंगे आज कुछ अद्भुत आविष्कार करते हुए नजर आ रहे मकर राशि के जात को दूसरों का ध्यान इससे आप आकर्षित जो है अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे कोई नई परियोजना की शुरुआत की जा सकती है वित्तीय लाभ की प्राप्ति के भी प्रबल योग है शेयर में निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा अपने शौक को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा समय और आज कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और कोई नई यात्राओं पर भी आज आप ऑफिस के जा सकते हैं उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे तो मकर राशि के जात उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा कि शेयर मार्केट से सट्टे से जुड़े से आज आप लोग दूर रहिएगा और आज आप लोग भैर मंदिर में दूध का दान जरूर करिए हमारी कुंभ राशि के लिए आज का राशिफल कैसा रहेगा तो कुंभ राशि पर काम करेंगे प्रसन्न रहे घर परिवार में किसी मांगलिक उत्सव में आप लोग शामिल हो सकते हैं वहीं धार्मिक यात्राओं का योग जो है बन रहा है पर्यटन के भी दृष्टिकोण से भी आप परिवार के साथ घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ मन में आपको चिंता तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हमारे जो कुंभ राशि के जातक रहेंगे कुंभ राशि के आज कोशिश कीजिए कि शनि चालीसा का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो आज हनुमान चालीसा का आप लोग ग्यारह बार पाठ करिए आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक जो रहेगा ये रहेगा अंक छ अंतिम राशि मेन राशि लेकिन आप लोग भूले तो नहीं है अट्ठारह मई से लेकर के तेईस मई गुजरात में है तो आप लोग जो है कुंडली अपनी दिखवा सकते हैं मेन राशि के जात को आज आपको पूर्वार्ध में वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे तो इससे आपका मन बड़ा खिन्न रहेगा विभिन्न स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कुछ कन्फ्यूजन थोड़े बहुत भ्रमित रह सकते हैं इस स्थिति के कारण आपको आज अपने समय पर काम नहीं पूरा होगा और कई आई हुई चीज़ें हाथ से जाती हुई नजर आएंगी स्वास्थ्य आज आपकी चिंता का कारण बन सकता है उत्तरार्ध में दोपहर तो दो बजे के बाद हालात को सुधरेंगे और कठिनाइयों कठिनाइयाँ जो आपके मार्ग में चली आ रही इससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिलेगी वहीं आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात के बाद आपको अच्छा खासा धनलाब होता हुआ दिख रहा है आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सामाजिक छवि आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी यात्राओं का योग बन रहा है आज आप किसी पर्यटन पर जा सकते हैं और किसी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात कर सकते हैं पब्लिक डीलिंग आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जात कोशिश कीजिए कि लोहे की सामग्री चिमटा हो गया या लोहे का चक्कू हो गया या ताला हो गया या दवा हो गया लोहे की जो भी सामग्री हो उसका दान आप लोग जरूर करिए किसी ज़रूरतमंद को आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये येलो रहेगा शुभ अंक जो रहेगा एक रहेगा तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए और हां दर्शकों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए जो बगल में बना बेल आइकन है उसको आप लोग जरूर दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक जरूर पहुँचे डीजीआई चार्टर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार